तो पहली बात तुम ये समझ लो कि मैं सब समझता हूँ क्या समझते हो? आगे। आगे। कमाला। एक और लगता है मैं अजीब तुम अजीब। yeah. <laughs> मेरी शर्ट पे खड़ी हो आज जब देखो दिन रात तुम अपनी बनाई ख्याली दुनिया में कोई रहती है। Kamala, hey. देखो फिर से चलो कमा इधर। मेरा पूरा फ्यूचर अभी प्लान करना है या पहले लंच कर लूँ शायद वो सही है मैं कुछ ज्यादा ही ख्यालों में रहती हूँ तुम ऐसी नहीं हो और वैसे भी मुझ जैसी देसी लड़की दुनिया को बचाएगी ये भी ख्याली बातें हैं साथ कुछ हुआ क्या नहीं क्यों तूने कुछ सुना क्या कमाल है। कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसा ही कुछ मैंने लाइफ से मांगा था पर वो ऐसा कुछ होगा ये ख्यालों में भी नहीं सोचा था पता भी है तुम क्या हो? मैं होपर हीरो हूँ